तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक टाई दिखाई दे रही है और साथ में वैन दिखाई दे रही है इस प्रकार देश का नाम हो जाएगा टाई प्लस वैन बराबर ताइवान